जय हिंद ये बाल विकास का पार्ट सात है यदि आपको एक से छः तक देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं तो आज का वीडियो जो है उसकी शुरुआत करते हैं कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सवाल के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था सहसवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं ऑप्शन ए था मूल प्रवृत्त्यात्मक ऑप्शन बी संरक्षित होते हैं ऑप्शन सी संज्ञानात्मक या फिर ऑप्शन डी संवेगात्मक आप लोगों को इसका सही उत्तर देना चाहिए था ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियात्मक शहत्वावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं तो आप शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न प्रश्न एक है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है ऑप्शन ए उडवर्थ ने बी गेट्स ने सी चार्ल्स स्किनर ने या फिर डी क्लार्क हल ने तो इस प्रश्न का सही जवाब आप, आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गेट्स प्रश्न नंबर दो अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन ऑप्शन बी अर्जित ऑप्शन सी परिपक्वता से नहीं ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्जित प्रश्न नंबर तीन प्रयत्न और भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है ऑप्शन ए बिल्ली बी कुत्ता सी उद्दीपक या फिर डी प्रयत्न इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रयत्न प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को अधिकम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी सीएफ स्किनर, सी लेविन या फिर डी टालमन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीएफ स्किनर। प्रश्न नंबर पांच पावलाओं ने अपने क्लासिकल अनुबंध में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किए थे ऑप्शन ए कुत्ते पर बी बंदर पर सी बिल्ली पर या फिर डी चूहे पर प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर बताइए तो प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पावलाओं ने कुत्ते पाव पर क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग किया था प्रश्न नंबर छ क्रिया प्रसूत अधिगम निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए स्किनर के बी थानाइक के सी पावलाओ के या फिर डी हल के प्रश्न नंबर छ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्किनर स्किनर ने ही क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया था आप प्रश्न नंबर सात सीखने का अंतर्दृष्ट सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था ऑप्शन ए संरचनावादियों ने संरचना बी व्यवहारवादियों ने सी गैस्टार्टवादियों ने या फिर डी मनोविश्लेषणवादियों ने इस प्रश्न का सही जवाब या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्न नंबर का ऑप्शन सी प्रश्न नंबर कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में किस पर किया था ऑप्शन ए बंदर पर बी चम्पनजी पर सी बिल्ली पर या फिर डी चूहे पर बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिंपेजी पर प्रयोग किया था जिसने कि कोहलर ने प्रश्न नंबर नौ अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है कैसे अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है ऑप्शन ए अभिप्रेरणा देना बी प्रलोभन देकर सी नई शिक्षण तकनीक का प्रयोग करके या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है चलिए हमें पता है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन अभी एरणा देना प्रश्न नंबर 10 और इस मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सीट का आखिरी प्रश्न क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और एक खेल खेल में आप पढ़ लीजिए नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हो इसलिए दस दस के सेट ला रहे हैं जो यू पी और सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है इसलिए इसको ध्यानपूर्वक हल करिए तो प्रश्न नंबर दस है अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है ऑप्शन ए प्रशंसा है बी पुरस्कार है सी नेतृत्व है या फिर डी लच प्राप्त है तो उत्कृष्ट इच्छा है इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे या इस सवाल का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद